आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे रिसा फाइंड आउट यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इस तरह के मतलब जो कि आपको पीछे की तरफ बैकग्राउंड में तो वीडियो चली है या फिर शुरुआत में चली है बनाने के लिए क्या करूँगा और कि... कितना ही सिंपल तरीके में आप उसे बना पाएंगे इसके बारे में मैं बात करूँगा जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था रिजल एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जी हाँ दोस्तों आपको आई बटन पर मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो चलिए हम वीडियो को आगे की तरफ बताते हैं कि किस तरह से करना है पहले फर्स्ट में आपको क्या करना है प्ले स्टोर से जाकर ना रीजल एप्प्लीकेीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है जी हाँ दोस्तों आर आई डबल जे डी जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है रीजल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसमें किस तरह से सिंपल वे में आप उस वीडियो को बना पाएंगे चलिए हम आगे की तरफ वीडियो में बताते हैं ओके रच स्टार तो दोस्तों आप लोगों ने तो पूछा था कि वो कैसे बनाते हैं तो उसके लिए मैं बता देता तो हूँ आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन रीजल एप्लीकेशन होनी चाहिए अगर नहीं है तो वो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर देते हैं।, हैं तो ठीक है तो आप इसमें ना वो वाली वीडियो बना सकते हो और वो कैसे बना सकते हो मैं बताने जा रहा हूँ जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा एक इस पर क्लिक कर देना है नीचे की तरफ और इस पर दोस्तों यहाँ पर एक देख पाओगे कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ जो व्हाट्सएप ये ट्रेंड है तो ट्रेंड में ही वीडियो चल रही है ना यहाँ पर तो इस पर क्लिक कर देना ठीक है दोस्तों ये है और ये है ये है मतलब जो चाहे वो लगा सकते हो तो सिंपल सा दोस्तों मैं यहाँ पर ना क्या कहते हैं पिछले वीडियो मैंने इसके बारे में बताया था लेकिन चलो मैं इसी के बारे में डाउनलोड हो जाएंगे उसके बाद में क्या करना है अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है किसी भी फ़ोटोज़ को चलिए मैं अपनी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके कर ठीक है क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस मतलब वीडियो तैयार करेगा वीडियो तैयार करने के बाद जस्ट यहाँ पर देखा देखा। तो तो प्रोसेस पर क्लिक कर देना है और वीडियो को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ सेब पर क्लिक कर देना और यहाँ पर कुछ तो टाइटल लिख के ना इसे क्या कर देना पोस्ट कर देना है जैसे कि सेविंग हो रही है तो हम थोड़ी देर रुकते हैं और पूरी तरह से कंप्लीटली सेव होने देते हैं ये हमारा वीडियो हो गया सेव अब चलिए हम अपने गैलरी में देखते हैं ये कहाँ पहुँचा है तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारा वीडियो ये आ चुका है सॉरी ये हो गया गर्लफ्रेंड वाली अब मैं अपनी वाली रहा वीडियो तो थोड़ा सा लाइक करते हैं और यहाँ पर ये रहा ऐसा कोई आसान तरीका बताना नहीं होगा मैं बताना तो वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी आपके हेल्प फुल के लिए बनी है तो इसे लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें देखने के लिए चलिए मैं फिर से अपनी वही फ़ोटो सेलेक्ट करूँ ये बस चलाते हुए जा रहे हैं हम <laughs> वाकई कमाल का चीज़ है तो इसे प्रोसेसिंग होने देते हैं प्रोसेस होने के बाद ये तो इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम सेविंग पे फोटाक से क्लिक कर देंगे और ये हमारा वीडियो क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा और यहाँ पर पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो फिर सिंपल इसे बैक कर सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा दूँ बैक करके यहाँ मेरा में बाय बाय